पाने को दरद पाने को दिल करता है दरद पाने को दिल करता है तेरा पाने को दिल करता है दरद तेरा पाने पान को दिल करता है। दो मुझे तुम मस्ती के प्याले ला मुझे मशी के प्याले मशी के प्याले महसी के प्याल मसी में आने को पागर के पाने को शाम तेर मोहब्बत कि दौरिया उठे शाम तेरे मोहब्बत दरिया कि दौरिया जेरा डूबदान तेरा दरक पाने को देखो मिटान दिल चाहता है तेरा दर्द दरक पानी चाहता है, तेरा दरक को ले तो तेरा नजरे का धोखा ये दुनिया ले तो तेरा नजरे का धोखा तो ते तेरा मे दिल करता है तेरा दर्द पान को दिल करता है नजर तेरा पान तु ते दिल करता राजरत पान को तो दिल करता है, तो को तो दिल करता है, राजरथ पाने को तो दिल करता है।